अब यहां देखो मेरे सामने सिचुएशन लास्ट जोन वन वी थी बग्घी बुरी खराब हो चुकी है मेरी हेल्थ यहाँ पर ट्वेंटी एच पी है और देखो बंदा भी मुंह पे जैसे इसको नॉक किया तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस और आज का मैच मेरी आवाज से ही तुम लोगों को अलग एनर्जी मिल रही होगी कि हाँ भाई कुछ तो धांसू होने वाला है तो एक काम करो जो भी काम कर रहे हो पहले उसे बंद करो बस मैच में फोकस लो भाई साहब उतरते ही अब मतलब इस बंदे को देख के ये मत सोचना कि आज की लॉबी ऐसी ही होने वाली है जी नहीं अब इतने दिन पबजी मोबाइल खेलते खेलते ना तुम्हारे भाई का जो टियर है वो आसमान को छूता जा रहा है तो कहने का मतलब यह है कि प्रो प्लेयर्स की भी एंट्री हो चुकी है अब बस तो सबसे पहले ये लोग लेट उतरे तो इनको हर जाना तो भुगतना ही पड़ेगा नौ देखो इस बेचारे को अभी तक भी गन नहीं मिली है मैं क्या बोलूं यार इन लोगों के लिए गन का गेव अवे करना पड़ेगा ये बिनौक अब देखो कुल मिलाकर बात यह कि यहाँ की फाइट हुई है बहुत ही ज्यादा इजी तो सबसे पहले काम करो पहले इसको जिंदा करते हैं मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों जिंदा करता हूँ और क्यों मारता हूं लेकिन मजा बहुत आता है खैर गाई सबसे पहले सभी लोग होमवर्क के तौर पर एक लाइक कर देना चैनल पर कोई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब जॉर्जो पुल के स्कोड़ाउस में जैसी आया यहां भाई पूरी स्कॉड का एक साथ पता नहीं कैसे भाई यहां पर प्रकट हो गई अब उसको तो मैंने नॉक कर दिया जो कि रियल बंदा था इसी टीम का लेकिन इसके टीममेट्स को शायद बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने ऑफलाइन था और मार दिया अब देखो वो कैसे रिवेंज लेंगे अब मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद कोई वहां पर है तो इसीलिए मैंने ग्रैंड फेंका इतनी देर में नीचे से रश होता है क्या हेड कनेक्शन और जिस बंदे मुझे शक हुआ था वही बंदा आता है इसको बचाने के लिए पहले जाऊंगा सीढ़ियों पे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जो स्टार्टिंग का मेरा जोश था वो यही है तो जी नहीं अभी देखो मामला आगे आने वाला है बस यहां पर तो बिल्डअप हो रहा है अब यहां से मैं उस बंदे को टिचुक टिचुक करने की कोशिश कर रहा था पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था फाइनली तुम्हारे भाई ने गाड़ी उठाई और कर दिया रश देखो अब एक नौक ये बॉड था अब यार मुझे ना यहां के बहुत ही बुरा इसलिए लगा कि सिर्फ एक बंदा भाई मैं आया हूं कम से कम यार तीन चार किल तो मिलने चाहिए थे ना मतलब ये तो गलत बात है पर कोई बात नहीं अब जो भी है मुंह लटका के तुम्हारा भाई सीधा आया पोचिंग की और यहां से जो मेन कांड है शुरू होने वाला है तो बस अब जो कर रहे हो ना अब वो छोड़ दो अब से इस मैच पे बिल्कुल फोकस करो बंदा दिखा दिखागे भाई साहब बाल, बाल बाल बचा बट कोई नहीं पहले थोड़ा सा बिल्डअप बनाएंगे एक आध नॉक करेंगे तभी रश करेंगे जाते घुसे तो पता चला चार लोगों ने मुझे लड्डू पकड़ा दिया अब फाइनली तुम्हारा भाई इस घर में भी आ गया जैसे ही आया अब यहां मैं इतना गंदा फंसने वाला हूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था मतलब खुद भी नहीं पता था मुझे उधर भी एक बंदा एंड इधर भी एक बंदा देख रहे हो भाई ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये आज मुझे मार के ही छोड़ेंगे एक बंदा नीचे कूदा वो भी मेरे लिए अब जो गाइज यहां पर तांडव शुरू होने वाला है बस देखते जाओ और जन्म हो चुका है एक एंडलेस फाइट का जिसका कोई अंत नहीं है एक और स्कॉडा की गाड़ी देख रहे हो बात करने तक का मौका नहीं मिल रहा है खैर जैसी मौका मिला फसी लगाई मतलब इस सिचुएशन में अगर तुम होते तो गए क्या करते क्या फोन बंद करके भाग जाते मम्मी का कोई काम करने के लिए किलाओं में दूध ही ले आता हूं इससे बढ़िया तो पर कोई नहीं देखो मैंने यहां पर ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने बस ये सोचा कि अगर भगवान ने चाह तो हम यहां पर नहीं मरेंगे बस अपना काम अच्छे से करेंगे क्योंकि इनके जैसे लोग हैं ना हमारा काम आसान करने के लिए शॉप वाली पावर थी शॉप से सौदा मंगाया अब कोई ना कोई तो भाई चढ़ पे भी आ चुका था और फाइनली इन बंदों ने प्रेशर में आके यार मेरे पे रश करने का ही डिसीजन लिया क्योंकि अब देखो उनको ऊपर से पड़ रही है दाएं बाएं हर जगह से तो ऐसे में वो भी सही डिसीजन ले ही रहे और मैं भी यहां पर इनको मारने का पूरा प्लान बना चुका हूं मामला शांत हुआ लेकिन यह शांति कुछ तो कह रही है जरा गौर से चलो, कि तबाही आने वाली है लिट किया पीछे भागा नॉब भाई साहब मेरे दिल की धड़कन अब जो चर्च वाला बंदा था वो शायद या तो उसने मेरा खेल चुरा लिया वो कोशिश कर रहा है लेकिन इस पूरी फाइट के लिए भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है यार मतलब इतना तो बनता है इतना तो खैर मेरे लिए रिवॉर्ड बनता है छोटा सा तो अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करो पुराना तो लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अब सामने देखो चर्च, चर्च में जो मशरूम टावर दिख रहा है आप लोगों को मुझे लगा ये बंदा है पर ये बोट था अभी मेरे पीछे शायद कोई बॉट या बंदा है मुझे साउंड लगातार आ रहा है और अब इस फाइट में एक ऐसा मूवमेंट आने वाला है जहां आपके होश उड़ जाएंगे लिटरली आप कहोगे क्या था ये ठीक है तो भाई इस बंदे को गाड़ी फोड़ने दो कोई बात नहीं फोड़ तू गाड़ी और फाइनली पीछे वाला बॉट भी मैंने ठिकाने लगा दिया तो चलो अभी रेडी हो जाओ एक बार फिर से मोबाइल को थोड़ा सा पास लाओगे अपने और देखो जरा क्या होने वाला है सामने सामने बंदा देखो खिड़की में मशरूम टावर के थ्री टू वन लेट्स गो आए हाय हाय मजा ही आ गया ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में कोई गाजर का हलवा मिल गया हो खैर उस बंदे को नॉक किया और जोन में डाला था इसीलिए मैं उस पर रश नहीं करता लेकिन भाई वहां एक और बंदा था और शायद उसको रिवाइवल मिल चुका है तो कुल मिलाकर अब हम ये कंसीडर करेंगे कि वहां पर एक नहीं दो बंदे मैं जैसे खड़ा रहा वो दोनों बंदे निकले उधर से अब यहां पर मैं जोन में भी जाऊंगा प्लस इन दोनों को भी देखता रहूंगा स्कॉड हाउस में आया एक बार फिर से यही बंदा दिखाई दिया तो मैं जल्दी से क्या करूंगा रिच की तरफ जाता हूं और जैसे यहां आया पीछे से कार नाइनटी चली और कार 98 से कोई तो नॉक हुआ है तो मुझे भी थोड़ा सा यहां पर संभल कर रहना पड़ेगा और हुआ एक स्मोक तो बस भाई साहब ने यही गलती कर दी कि आने से पहले स्मोक नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे तो मुझे पता चल गया ना कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है खैर उसके बाद मैं तुम्हारे भाई ने गाड़ी उठाई जोन में निकला और फिर से एक बार आदतार मौत के भूमे जाने की आ चुका था आया आया, आया। एक एक बंदे का साउंड ऊपर से से बंदा नीचे मतलब मुझे यह समझ नहीं आ रहा आज का मैच है क्या तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैच चल रहा है।, देख रहे है, तुम हर तरफ गोलियों की है मौली फेंकी जैसी बंदा खुदा और एक भाई सांटेस वन विपर वाला बंदा मोली से मारा गया नीचे वाला बंदा से फेल दिया गया बट पीछे स्कोड हाउस से अभी भी फायरिंग के साउंड आ रहे थे तभी एक बंदा दिखा। अब जो कि शायद बॉट लग रहा था लेकिन लेटा तो मेरा डाउट हुआ कि वो बंदा था खैर छोड़ देते हैं बॉट है कि बंदा जाने दो अभी चलते हैं आगे जोन में किस तरीके से खेलना देखते हैं बग्गी उठाई जैसे यहां है स्मोक देखा मेरी फटी मैंने बोला वे क्या चल रहा है इसलिए तुरंत बगी घुमा के और वापस आता हूं और अभी स्टार्टिंग वाला सीन तो आप लोग भूले नहीं होंगे लास्ट जोन का वन वी थ्री मतलब ये फाइट एक तरफ और वो चीज वन... अलग भाई अब यहां के मैं चुपचाप बैठा रहा हूं जिसका फल मुझे ये मिला अब ये फाइट भाई साहब आपको घूस बम आ जाए ना तो बोलना मेरे को तीन बंदे एक साथ मेरे पर तीन तरफ से घुसते हैं एक नॉक दूसरा नॉक और भाई साहब लिटरली मतलब भाई आज की फाइट ऐसे मानो कि एक फाइट जो है जो दूसरी फाइट उससे भी खतरनाक होती जा रही है आप यहां पर यही नहीं कह सकते कि कौन सी फाइट खराब है क्योंकि सारी ही फाइट ऐसी हैं। तो अब भाई अब प्यार दिखाना तो बनता है मैं नहीं बोलूंगा ऑलरेडी दो तीन बार बोल चुका हूं बस प्यार दिखा देना अब यहां मैंने बग्गी उठाई जोन में थोड़ा सा चलता हूं आगे तभी अब यहां पांच बंदे अलाइव थे और मैं आगे इस घर में तभी बंदे रहते चार मतलब मैं जोन के कोने फंसा हुआ और वो सारी स्क्वाड के पास जोन है इस सिचुएशन में चिकन निकालना पॉसिबल है मतलब कौन निकाल सकता है यार मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा सही में देखो और ऊपर से हेल्थ देखो मेरी ये गई भाई बग्गी भी गई अब मैं यहां पर भाई करूं तो क्या करूं बस देखते जाओ सबसे पहले उतरा जल्दी से बसा मेरा मेरा पहला काम मेरे को हेल्थ लगा लेकिन भाई, यहां पर प्रोन होने का बहुत ही अच्छा फायदा मिला को किया, लगाई और जैसे आई मेरे अंदर जान में जान क्योंकि आप सिर्फ़ फाइट वन वन की थी और सही बताऊ तो अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे इतना अफसोस नहीं होगा खैर अब यहां पर मरना अफसोस हो सकता है क्योंकि अब तो सिर्फ वनवी वन की है क्योंकि यहां पर जो मेरे किल्स है वो भी सिक्योर हो चुके हैं अब जिन लोगों ने अभी तक भी भाई लाइक नहीं किया है पहले हिट दैट लाइक बटन ट्वेंटी थाउजेंड लाइक का ही रखते हैं लास्ट बंदा बचा है मेरी हेल्थ पूरी फुल नहीं है एक वो गैर फेंकता हूं एंड तभी बंदा भाई साहब लिटरली क्या था ये गाइस मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन तो अब अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना ठीक है ना बताने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अब गेम्स रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो न्यूज़ बाहर निकल के आने वाली है क्यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय